हेलो फ्रेंड्स आप सब लोग कैसे हो स्वागत है आपके अपने चैनल यूनिक स्टडी में हमारे हमारी दुनिया में बहुत सारी सभ्यताएं हुई हैं उनमें से ही एक प्राचीन सभ्यता माया सभ्यता के बारे में आज मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूं तो बने रहिए हमारे चैनल में अमेरिका की प्राचीन सभ्यता ग्वाटे माला मैक्सिको तथा यूकान प्रादीप में स्थापित थी माया सभ्यता मैक्सिको की एक महत्वपूर्ण सभ्यता थी इस सभ्यता का आरंभ 1500 ईसा पूर्व में हुआ यह सभ्यता 300 सौ से लेकर 900 सौ के दौरान अपनी उन्नति के शिखर पर पहुंची। इस सभ्यता के महत्वपूर्ण केंद्र मैक्सिको ग्वाटेमाला होंडुरास एवं अल सलवर्ड सलवरडोर में थी यद्यपि माया सभ्यता का अंत सोलहवीं शताब्दी में हुआ किंतु इसका पतन 11वीं शताब्दी में आरम्भ हो गया था